बसमिलीम नहमदूआन सल्ल रसूल करीम अम्बाबाद फायुदबाज़ीम बसमल रिम अल्ला त लाख लाख शक्र है एहसान है उसका कदम है कि उसने हम सबको इंसान बनाया इंसान बनाना बहुत बड़ी चीज़ है मतलब हम लोगों को अशरफुल अशरफुलमखलूक़ात बनाया जो कि सारे मखलूक़ों में सबसे अफजल हैं उसके बाद उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हम सबको मुसलमान बनाया मोमिन बनाया ईमान वाला बनाया ईमान वाला बनाने के साथ साथ उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हम इंसानों के लिए इस पूरी कायनत को सजाया चरंद परिंद को बनाया हमारे फ़ायदे के लिए इसमें सोचने के लिए हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें रखी कि हम अल्लाह को पहचाने और उसकी कुदरत को समझें एक तरफ जहाँ अल्लाह ने चरंद परिंद को बनाया उसमें भी बहुत सारी सोचने की समझने की चीज़ें हैं क़ुरान कहता है, वन्न लकुम फिलाम लड़बरा नुस्खे को मुम्मा फ़ी बत फ़रसमन लबनसन सार तुम्हारे लिए इस चौपाए यानी भैंस में भी सोचने का बड़ा सामान है कि एक तरफ तो उसका खून है दिल है दूसरी तरफ गोबर है उसी के बीच में से अल्लाह ऐसा साफ सुथरा दूध दे रहा है कि किस सोच भी नहीं सकते ऐसा साफ सुथरा दूध कि अगर उसको एक बार हलक से नीचे उतारा तो खुद ही दूसरा घूट जो है ना वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा अपने आप तो ऐसा दूध अल्लाह ने किसके लिए बनाया सिर्फ हम इंसानों के लिए हम इंसानों के लिए पूरी कायनात को सजाया चरंद परिंद को बनाया ज़मीन आसमान बारिश का होना फिर इसी तरीके से ज़मीन से गल्ले का निकलना ये सारी चीज़ें किसके के लिए इंसान के लिए तो अब हमारे लिए उसने इतनी सारी चीज़ें बनाई, तो हमें भी उसने कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां देकर भेजा हमें भी कुछ ना कुछ उसने अपने काम पे लगा रखा हमारा भी कुछ ना कुछ एक बुनियादी काम है तो हमें सोचना चाहिए क्या हम वो बुनियादी काम अपना कर पा रहे हैं या नहीं अगर हम समझाना चाहें मोबाइल मोबाइल कब आया हमारे आसपास हमारे अंदाजों के मुताबिक उन्नीस के आसपास से आया लेकिन मोबाइल का काम क्या हर कोई बता सकता है कि मोबाइल का काम एक दूसरे की आवाज़ को सुनना लेकिन हम ये सोचें जब दुनिया में पहला मोबाइल आया सबसे पहले तो उसमें बस खाली एक दूसरे की आवाज़ को ही सुनना था उसके अलावा उसमें कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं तो इस जनरेसन का जो मोबाइल था उसको जो नाम दिया गया वो फर्स्ट जनरेसन यानी वन नाम दिया गया फिर इसी तरीके से मोबाइल ने और आगे तरक्की करी तो फिर अभी तक हम कॉल की आवाज़ को सुन पा रहे थे अब उसने एस की भी सुविधा ढूंढ ली अब इस जनरेशन के जो मोबाइल को नाम दिया गया वो दिया गया सेकंड जनरेशन यानी टू जी नाम दिया गया फिर इसी तरीके से इसी एस में अब हम क्या कर रहे हैं आसानी के साथ तस्वीर भी भेज ले रहे हैं फ़ोटो भी भेज ले रहे हैं तो इस जनरेशन के जो नाम नाम दिया गया मोबाइल को वो दिया गया थर्ड जनरेशन यानी थ्री फिर इसी तरीके से अभी तक हम फोटो ही भेज पा रहे थे उस असमत से लेकिन अब हमने क्या करा उसमें मूवीज़ भी भेजने लगे बहुत सारी वीडियोस भेजने लगे तो अब जो इस जनरेशन के मोबाइल को नाम दिया गया वो 4G अब उम्मीद करते हैं कि दुनिया 5G की तरफ आ चुकी है और उसमें हर एक, एक चीज़ होगी दुनिया की हर सारी हर चीज़ होगी लेकिन क्या मोबाइल अपना काम भूला अभी तक नहीं भूला मिसाल के तौर पर अगर हम समझना चाहें कि एक मोबाइल अगर हम उस पर काम कर रहे हो हमारी दस विंडो खुली हों या हम गेम खेल रहे हों या कुछ भी वॉच कर रहे हों तो मोबाइल क्या करता है जैसे ही किसी का फ़ोन आता वो सारी चीज़ें स्टॉप कर देता कहता भैया ये पहले कॉल आ रही पहले इसको समझो तो मोबाइल अपना बुनियादी काम नहीं भूला इतनी तरक्की करने के बावजूद आज हम इंसान अपना काम क्यों भूल गए हमारे लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया सब कुछ बनाया हम सोचें कि हम अल्लाह की कॉल पर दिन में कितनी बार ध्यान दे रहे हैं सोचना चाहिए कि महजिन पाँच टाइम अजान दे रहा है और हम अल्लाह की कॉल पर कितना ध्यान दे रहे हैं मतलब अपने काम को रोककर मस्जिद की तरफ आ रहे हैं कितने बार आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो वो मोबाइल इतनी तरक्की करने के बावजूद दुनिया की हर एक चीज़ उसमें होने के बावजूद वो अपना काम कर रहा है और हम क्या है दुनिया में लगकर अपना बुनियादी काम भूल गए कि अल्लाह ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए उसकी फरमाबरदारी के लिए और वो हम अपना काम भूल गए तो हमें ये सोचना चाहिए समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं इसी तरीके से मैंने भाई अभी टाइम है हमारे पास ये सारी चीज़ें हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए वो कहते हैं ना कि मौत एक खुला हुआ राज है खुला हुआ इसलिए है कि हर कोई जानता है कि हमें मरना है और रात इसलिए कोई ये नहीं जानता कि हमें कहाँ और कैसे मरना है शाहुद्दीन मौलाना ने बताया भी था कि पांच चीज़ों का अल्लाह ने किसी को नहीं बताया कयामत कब आएगी किसी को नहीं पता बारिश कब होगी कहाँ होगी किसी को नहीं पता इसी तरीके से तीसरी चीज़ है माँ के पेट में जो नुक जा रहा है उससे क्या बन रहा है ये भी किसी को नहीं पता चौथी चीज़ है कि आपकी कल की अर्निंग कितनी होगी कमाई कितनी होगी ये भी किसी को नहीं पता उसी में से पाँचवीं चीज़ है कि मौत कैसे आएगी और कब आएगी ये भी किसी को नहीं पता तो मेरे भाई हम लोग भी क्या हैं लाइन में लगे हुए हैं हर मिनट हर लम्हा कोई ना कोई इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है। हर कोई छोड़ जा रहा है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी नसीहत है कि जिंदा इंसानों का इस तरह रुख्सत हो जाना और हम इस लाइन को छोड़ भी नहीं सकते एक दिन हमारा नंबर आना ही आना है तो जब तक हमारा नंबर आ रहा है तो जब तक हम क्या करें अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें अपने गुनाहों की माफ़ी तराफ़ी करें तो अल्लाह ताली हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी कदा फरमाए हमारी कुछ चीज़ें और भी चल रही थी नमाज़ के शराब जो कि मौलाना ने, ने बतलाए भी थे फिर से एक बार दोहरा लेते हैं नंबर एक बदन का पाक होना नंबर दो सतर का छुपा होना नंबर तीन नमाज का वक्त होना नंबर चार कबला रूह होना नंबर पाँच नियत करना नंबर छः तकबीर तहरीमा कहना तो पहली चीज़ हमने बतलाई बदन का पाक होना जिस तरह हमारी नमाज पढ़ने के लिए जगह कपड़े और बदन का पाक होना और वज़ु का होना शर्त है इसी तरह वह दिल जो सबसे ज़्यादा हमसे करीब है वह भी क्या होना चाहिए गुनाह और गफलत और बुराइयों से पाक साफ होना चाहिए इसी तरीके से दूसरी चीज़ है हमने बताया सतर का छिपा होना मतलब ज़ाहरी जिस्म का ढाँपना हमारे लिए ज़रूरी है ही है लेकिन बातनी जिस्म, जो कि अल्लाह के सामने बिल्कुल भी छिपा हुआ नहीं है हम क्या कर रहे हैं वो सब कुछ जानता है तो हम जब भी नमाज पढ़ें हमारे दिल में क्या होना चाहिए खौफ होना चाहिए आँखों में नदामत होनी चाहिए शर्मिंदगी होनी चाहिए अगर हम इस तरीके से नमाज में खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारे अंदर तवाजु और आर्जी और इंकसारी पैदा होगी इस तरह नमाज पढ़ना चाहिए जिस तरह एक भागा व मुजरिम अपने आका के सामने खड़ा होता तो तीसरी चीज़ हमने बतलाई नमाज का वक्त होना नमाज का वक्त होना ज़रूरी है इससे ये भी समझा जाए कि हम जब नमाज पढ़ें तो ये समझे कि ये हमारी आखिरी नमाज है सलाम फिरते ही मौत का फरिश्ता यानी मलकुलमौत हमारी रू कब्ज़ कर लेगा आप सल्लल्लाहु सलील्हल वसम ने भी फ़रमाया कि रुख़त होने वालों की तरह नमाज पढ़ो फिर इसी तरीके से चौथी चीज़ है रुख होना तबला रुख होना पांचवी चीज़ नियत करना नियत किस तरीके से करी जाएगी ये ना कहें कि मैंने नियत की बल्कि मैं नियत करता हूँ दो रखत यह जो भी नमाज़ पढ़ना है उसकी नीयत करें वास्ते अल्लाह त मुँ मेरे काबिल शरीफ की तरफ़ अल्लाह अकबर कह कर नीयत बाँध लेंगे इससे दूसरी चीज़ ये समझें जब भी नियत देखो एक दिल के इरादे का नाम है दिल में हमारे नियत होनी चाहिए तो जब भी हम जो नमाज़ पढ़ें उससे ये समझना चाहिए कि हम जो नियत कर रहे हैं वो जो भी नमाज पढ़ना है अल्लाह की रज़ा और उसका क़ुरब हासिल करने के लिए पढ़ना है उस वक्त में हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए ये एहसास हमें ज़रूर होना चाहिए इससे हमारे अंदर फिर और तोज़ो और इंकसारी पैदा होगी नमाज में और हमारा दिल लगेगा फिर इसी तरीके से हमने छठी चीज़ बतलाई तकबीर तहरीमा कहना तकबीर तहरीमा जो हम नमाज के लिए सबसे पहली तकबीर कहते है, नियत हैं नियत बांधते हैं तकबीर तहरीमा तो हमारे कबल रुख दोनों पैर होना चाहिए पैरों की उंगलियां भी दोनों कबल रुख होने चाहिए दोनों पैरों दोनों पैरों के दरमियान चार उंगल का फासला भी होनी चाहिए और इस तरीके से हमें दोनों हाथ उठाते हुए ना ज़्यादा हाथों की उंगलियाँ खुली हूँ ना ज़्यादा बंद हूँ कानों तक उठाकर हमें नाप के नीचे हाथ बांध लेना तो ये हमारे नमाज शराइत थे जो कि नमाज पढ़ने से पहले पहले नमाजी के पूरे के पूरे सही होने चाहिए वरना अगर ये एक भी मिस्टेक हुई जरा से भी कुछ गड़बड़ हुई तो नमाज नहीं होगी तो अल्लाह ताला हम लोगों तुम सुन से ज्यादा अमल करने की तोहफ़ी फरमा अल्लाह هو اكبر الله